महर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चला वहीं भाजपा नेताओं ने तिरंगा बाइक रैली निकालकर आजादी का जश्न मनाया भाजपा युवा मोर्चा नादन मंडल ने तिरंगा बाइक रैली निकाली स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए आज नादन मंडल से सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता नादन क्षेत्र के हर कोने ऐसी निकले भारी बारिश में उत्साह ऐसी लवरेज तिरंगा रैली नादन पहुँच समाप्त हुई नादन मंडल अध्यक्ष रमानंद पटेल ने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा का अभियान दर्शाता है कि आज स्वतंत्रता दिवस का समारोह सरकारी दिवस न होकर जनता का त्योहार बन चुका है वहीं भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सुबोध मिश्रा ने कहा कि रैली में सिर्फ उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सच्चे मन से श्रद्धांजलि है जिनकी मेहनत और बलिदान के बल पर आज हम आजादी की हवा में सांसे ले रहे हैं